जब अल्लाह उलाद की दौलत अता कर दे फिर वो बेटा हो या के बेटी हो दोनों की पैदाइश पर खुशी का इजहार यह शरीय का मिजाज है बेटा है तो यह भी अल्लाह का कर्म है बेटी है तो यह भी अल्लाह का इनाम है बेटी की पैदाइश पर मुंह बसोर लेना या जमान जहरीत का रवैया इख्तियार कर लेना यह कुफरने नमत होगा हमें अल्लाह से तोबा करनी चाहिए अगर हमारे खानदान में ऐसा मिजाज पाया जाता मैं ये कहता हूं पता नहीं वो कैसा शख्स है उसका कितना हौसला है जो किसी की बेटी को बेटी की पिदाइश पे ताना कैसे दे लेता है क्या उसके अपने दामन में बेटिया नहीं है क्या उसके अपने दामन में बहन का नूर नहीं है वो क्यों भूल जाता है कि यह भी आखिर किसी की बेटी है उसने कुरान नहीं पढ़ा उसने हदीस नहीं पढ़ी उसके पास दीन का मिजाज नहीं पहुंचा गया वाजह शरीय की तलीमात है अल्लाह जिसको चाहता है, है।, है, है।, है दोनों अता करता है।, जिसको है कुछ भी अता नहीं करता कबूल करना यह का, का मिजाज है और यह पहली बात है कि जिस पर हमें गौर करना चाहिए बेटे हो या बेटियां हो यह अल्लाह की राहमतें और अल्लाह के इनाम है सैयदा फातिमा यह हजूर की वो लखते जिगर है जिसके बारे इस बात पर फखर किया करते थे ने मुझे फातिमा जैसी बेटी अता की है और फिर जब हजरत और उनको माथा चूमकर बिठाया करते थे और जब कभी सफर पर जाना होता आखिर पे हजरत फातिमा से मुलाकात करते और जब वजूर वापस तशरीफ़ लाते हैं तो सबसे पहले फातिमा रदी फा से मुलाकात मुलात ताकि बेटी के साथ जुदाई के लम्हे जितने मुख्तर हों वो हज़ूर को ज़्यादा तस्किन होती थी कि मैं बेटी के साथ जो मोहब्बत का